माते तेरे चरण में कैसे सिर झुकाऊं माते तेरे चरण में कैसे सिर झुकाऊं माते कैसे ईश्वर झुकाऊँ मा दे तेरे चरण में कैसे ईश्वर झुकाऊ आज्ञा मा ते तेरे चरण में ना जानू कोई पूजा ना मन कोई जानू ना जानू कोई पूजा ना मन कोई जानू आके दर पे मैया कैसे पहचानो आके दर पे मैया कैसे तुझे पहचानो माते माते क्षमा तू करना जैसे तो दुकान सुनते हैं मेरी मैया अरे जी सबकी लेती सुनते हैं मेरी मैया अरे जी सबकी लेती इन मां मेरी मैया मुराद पूरी कर दी मैं भी मैं भी तेरे याद झोली फैला माँ तेरे चरण Head bent, head bowed. जो भी शरण में आए जीवन मन चल खड़ा के जो भी शरण में आए जीवन में लड़ खड़ा के रखती हो मेरी मैया सबको गले लगाते रखती हो मेरी मैया सबको को गले लगाते आशो के करो हमको आशो के करो हमें को, हम को। चरण रे झोकार महा